साल पे साल, साल, साल पे साल साल बदलत हर साल है साल पे साल बदलत, बदलत हर साल है पर आदमी की, की चाल है क्या नहीं लाइन अच्छी लगी हो तो तरह आशीर्वाद ताली बजाएं जी महाराज गांगा जी ने कथा वाजी महाराज सही कह रहा हूं मैं, मैं।, मैं। आदमी तो नहीं बदलो तो तो। कपड़ा बदलत गाड़ी बदलत मकान, मकान बदलत दे स्टेटस बदलत लेकिन भीतर दे एक तो नहीं बदलत वो यही बात नहीं परेशानी साल पे साल बदलत हर साल है पर आदमी की ही चाल है साल पे साल बदलत हर साल है आदमी की ही चाल है गायब बड़ी जल्दी इंटरवल होने लगी के लगे महाराज तरह सुनियो मोरू निवेदन दिन भर धर्म की बाणी सुन रहे आप तो साल भर कथा पहुंचे हर शहर हर गांव में कितना कुछ ना बताते होंगे आप अगर, अगर एक, एक दिन की कथा भी सुन ले याद दिन दिन आगे दिन आगे दिन आगे आगे। तो राजा परीक्षित करा लो चाहे पीरियर पिला लो टीका लगवा लो जेरे भाई फेरे जैसे जो स्वयं भगवान राम बन के आगे हो जाए और सवेरे फिर वही काम करे जो करे तो ल रात के प्रोग्राम में एक पीड़े और न पेरे फेद्रो पूरा धन जाति जो बाबा है, आगे। हमने है हमने बाबा बा। so, दिन भर धर्म की बाणी सुन रहे सुन भर रहे मन में नहीं कुन रहे और काम बेई जाता कर रहे उनकी जाता ओ ही चाल ढाल है पुरान पे रामकथा राम कथा पे राम कथा ले जा रहा आदमी और हल्ला नहीं हो रहा गुप्त नाम के साथ सौ रुपया तुम कहा गया भैया तुम हुआ है? पटेरिया जी के नाम पे ये सौ रुपया गुप्त दान दे रहे हैं पटेरिया जी परम पूजनीय पूजनी चाचा जी जिन्हें हम हमेशा, हमेशा जब से पैदा हुए, हुए पापा वो कहते वो आए हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है उनकी गीत हैं उनकी संतानें संतान हैं है, उनके श्रोता हैं उनके सोनू भाई साहब हैं आप सब हैं अब उनके नाम पे क्या गुप्त रहा उनका तो दुनिया में कभी कोई चीज कोई बात गुप्त रही हमेशा स्पष्ट रहे है, है उनकी उनकी जो बोला सबके मुंह पे, पे बोला है और सामने, सामने बोला, बोला है, है। आपको आप हमारी ओर से धन्यवाद है।, है अरे दिन भर धर्म की बाणी सुन रहे सुन भर रहे मन में नहीं बोल रहे काम बेई जाके ता कर रहे उनकी जा की ताल ढाल है उनकी चाकी ताओ चाल ढाल है आदमी की ओई चा भारत है और भारत तो है भारत अकेला ऐसा वैसा देश नहीं है आज धरती पर जहां तक प्राणी माप का जीवन है भगवान राम के युग में ये पूरा पूरा देश एक था और रावण सही है हमने कहा अब रावण की कोई दशाई बताता एक बता पाए का रावण पसंद है कोई या था तो पूरा पूरा है। सौ रुपया पुरस्कार सरोज नामदेव जी की तरफ से है। सरोज नामदेव जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, है। बहुत-बहुत शुक्रिया सरोज जी के लिए हार्दिक आभार और अगली लाइव सुनना के संस्कार दिन पे दिन खो रहे बीज ईर्ष्या तो इसके बो सब स्वार्थ की नींद में सो रहे परंपरा बन गई महाराज कि एक, एक दुखी, दुखी होए तो तू जो खुशहाल सबसे बड़ी बात क्या हो गई, गई। इस दुनिया में कि अगर हम रो रहे तो जो का जो रो दे हम हंस दे हमारा तो कपड़े अरे एक दुखी होए तो तू जो खुशहाल है आदमी की ये ही चाल है साल पे साल बदलत हर साल है आदमी की ओई चाल है एक, एक जैसे क्लास में पचास लड़का हुआ जो होशियार हो गए मास्टर को अपने आप मन लगे कि यही भर का पढ़ा दो उन्हें हुए तो समझावे वालों भी का एक होए तो समझा दिए पूरी दुनिया एक होए तो समझा दिए को दोस्को तो खा दईये सबका एक ही उद्देश्य बन चुका संसार में कि रुपया जेब में आना चाहिए चाहे कतल करो चाहे चोरी करा लो चाहे भड़ियाई करा लो, लो रुपया आना चाहिए चाह जैसे आए अरे रुपया जेब में आना चाहिए जय प्रकाश की दुनिया के जे हाल है जय प्रकाशी दुनिया के जेहाल है आदमी की ओही चाले अरे साल पे साल बदलत हर साल है आदमी